एक बार फिर मानवता को शर्मशार कर देने वाली खबर सामने आई है छतरपुर में एक नवजात बच्ची को फेंक दिया गया जिसके बाद ग्रामीणों ने तुरंत इसकी सूचना पुलिस को दी फिलहाल बच्ची को सामुदायिक के केंद्र में भर्ती कराया गया है जहां उसका इलाज जारी है यह मामला छतरपुर के नौगांव थाना क्षेत्र का है जहाँ एक नवजात मासूम बच्ची को बड़ी ही निर्दयता से लावारिश छोड़ दिया गया एक तरफ जहाँ बेटियों को देवी माना जाता है नवरात्रि के नौ दिनों तक जिसे पूजा जाता है उसी बेटी का इस तरह से लावार मिलना समाज पर एक सवाल या निशान खड़ा कर देता है यह बच्ची लावारिस हालत में ग्रामीणों को मिली जिसके बाद उन्होंने इसकी सूचना डायल हंड्रेड को दी पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और बच्ची को प्राथमिक उपचार के लिए सामुदायिक केंद्र ले जाया गया